हेलो अवरीवन आज की इस वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे पेशी इनकम आइडिया जिससे आप महीने के 400 से 500 रुपए आराम से कमा सकते हो सबसे पहले हम जानते कि पेशी इनकम होती क्या है तो पेशी इनकम एक फार्मिंग की तरह है जैसे हम अपने फार्म में भी बोझे थे बाद में हर रोज हमें थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है वैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको जो पेशी इनकम आइडिया बताने वाला उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा हर रोज काम करना पड़ेगा नंबर वन प्रिंट ऑन डिमांड इसमें आप मीट कैनवा और डेली जैसी वेबसाइट पर जाकर अपनी डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो और उस डिज़ाइन को आप प्रिंटिपुल और प्रिंटिफाई जैसी वेबसाइट पर जाकर सेल कर सकते हो और दूसरा तरीका यह है कि आप उस डिज़ाइन को टी शर्ट लैपटॉप बैग और जैसी जैसी चीज़ पर आप उसको प्रिंट करके उसको मीशो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की ऐप पर आप उसको सेल कर सकते हो नंबर टू कंटेंट क्रिएटर आप इंस्टाग्राम यूट्यूब और फेसबुक पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और उससे आप पार्टनरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हो और स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप 400 से 500 डॉलर आराम से कमा सकते हो नंबर थ्री अफिलेट मार्केटिंग अगर हम पेशे इनकम की बात करें तो अफिलेट मार्केटिंग को हम कैसे भूल सकते हैं अफिलेट मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट वे है पेशे इनकम करने का तो अपेलेट मार्केटिंग में आप दो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो एक फिजिकल और एक डिजिटल और डिजिटल में क्या आता है ऑनलाइन कोर्स आता है पॉडकास्ट ईबुक और आर्टवर्क जैसी चीज़ आप सेल कर सकते हो और फिज़िकल में बूट पैंट शूज जैसी चीज़ आप बेच सकते हो अफिलेट मार्केटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट चाहिए होगा तो वो प्रोडक्ट आप क्लिक कमीशन और सी जी जैसी वेबसाइट पर जाकर आप अपना प्रोडक्ट ले सकते हो और उसको एफिलेट कर सकते हो नंबर फोर ड्रॉप शिपिंग तो सबसे पहले जानता है कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है तो गाय ड्रॉप शिपिंग में आपको सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा वो प्रोडक्ट आप अली एक्सप्रेस और ग्लोरॉड जैसी ऐप पे जाकर अपना प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो बाद में वो ढूंढे हुए प्रोडक्ट पे आप अपना प्रॉफिट डाल के उस प्रोडक्ट को आपको अपने शॉपिंग स्टोर पर डाल देना है बाद में जैसे ही कस्टमर आपको ऑर्डर देगा वो ऑर्डर आपको सप्लायर को भेज देना है और सप्लायर उस कस्टमर को डायरेक्ट भेज देगा जिसमें कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि यह प्रोडक्ट सप्लायर के पास से आया है नंबर फाइव ब्लॉगिंग तो गैस ब्लॉगिंग करने से पहले आपको सबसे पहले एक नीच सिलेक्ट करना पड़ेगा आप में कोई ऐसी तो स्किल होगी जिसमें आप मास्टर हो तो बस उस स्किल को पकड़ लेना और उस स्किल के रिलेटेड आपको ब्लॉग डालना है बाद में जैसे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए उस ट्रैफिक को आपको एड दिखाकर गूगल एक्शन से आप पैसे कमा सकते हो